वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जी कु मिश्रा मेरे साथ मैं वर्मा जी हैं कहना मैं आपका बहुत चंद्र वर्मा चंद्र वर्मा जी क्या उम्र है आपकी 45 इयर्स है था। और अपने बारे में कुछ बताएं कैसे यहां पे आए क्या दिक्कत है हां मेरे एक्चुअली कल गिर गया मैं गिर गया तो उसी वजह से मेरे को यहां पे केनेपैक के लिए ले को तो पूरा बताओ मेरे तो नहीं है बोला कनेक्ट सही है एक्जेक्टली मैं हैंग कर रहा था

तो वो हैंग करने पे ये हुआ कि थोड़ी देर जब यहाँगा तो वो जर्क यहाँ पे है थोड़ा सा यहाँ पे तो करेगी तो तो इसका वाला तो, तो ये है। हैंग अप कर रहे थे और हाथ छोड़ दिया और एक हाथ से अपनी बॉडी को उठाने की कोशिश की जिसकी वजह से एक तरफ इनका पूरी

तक है। और आप क्या काम करते हो मैं टैक्सेशन अच्छा टैक्सेशन देखते हो वेरी गुड और आप ये भी देख सकते हैं कि कितने फिट हैं ये एवरेज आदमी जो करता है उससे कई गुना जाता ये है ये फिट हैं और यहाँ के बारे में कैसे पता चला था?

बलो ने मेरा फ्रेंड यहाँ पे वो आ चुका है और उसकी बैठक भी आ चुकी है, तो मैं, मैं तो है तो ये ज्यादा शो, शोल्डर जो होता है ना हाँ, वो ये होता है अच्छा है okay. आपका जो टाइज है ना वो ये वो, हो गया वही ये एल्बो है इससे ज्यादा उड़ती भी नहीं है ठीक है जब चोट लगी होगी तो जॉइंट जो है जो ये जॉइंट है ये वही पे अपने चुका है

चो। जब चोट लगी थी उस हम करते हैं शोल्डर में भी मेरे को ना थोड़ा इससे तो इस कुछ जैसे आप देखें अगर यहाँ पे देखोगे तो दोनों तो में डिफरेंस आपको दिखेगा उसकी वजह से सारी मसल्स काम नहीं कर पाती सारी रेंज काम नहीं कर पाती तो जो रेंज नहीं काम कर पाती वो थोड़ा तो सा अफेक्ट होना चालू हो जाती है

देखने में नजर नहीं आएगा सिर्फ आप जो भी। हाँ, तभी तभी तभी तभी पता क्योंकि अब मैं इसको बताऊ एल्बो चलता है जीरो डिग्री से लेके एक सौ बीस डिग्री तक ठीक है ये नाइन्टी डिग्री है ये एक सौ दस है ये एक सौ बीस है ठीक है ये एक सौ बीस जा रहा है ये नाइन्टी डिग्री सौ

ये लास्ट के 10 डिग्री नहीं जा रही या 15 डिग्री नहीं जा रहा अगर हम किसी को हाथ लाओगे और मुड़ना इसी को चाहिए तो मैं म्यूस आपको कपिंग की है नीलिंग की है और मैं आपको जल्दी से रिलीज बताऊंगा और मैं ये सोच के

तो अपने आप ही घर पे उस पर छोड़ दीजिएगा तीन दिन में ठीक हो जाती है अगर वो किसी वजह से दो तीन दिन से ज्यादा चल रही है तो तभी आप डॉक्टर के पास जाए

काफी स्टेफ है चलन करेंगे मेरी तरफ करवट ले

छोड़ देंगे छोड़ दीजिए कंधे पीछे जाने दीजिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत से खोला mm -hmm. तो <laughs> हाँ देखिए जैसे मैंने किया

अपने आप इजी इजी कमर होंगे सीधे रह जाएंगे सीधे ये पैर की वजह से होता है जिस पर जोर डालते हैं या बैलेंस होता है एक तरफ ये

चलो थैंक यू जल्दी इजी सो व्यूअर्स so, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कोई भी हमसे क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछें थैंक यू